जदि गल प्रेम त मजा कभी नहीं भूल तोरिया तोरिया दिले रंगी चतिया दर्द है सभी अपन हमें गे सभीोयन हमें